भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रगति के पायदान में प्रदेश आगे बढ़ रहा है गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक नंबर राज्य बनकर उभरा है इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कई योजनाओं के बारे में भी चर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा दो से आज एक एम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई पायदान में एक नंबर पर है चाहे छोटे नगर हो या बड़े महानगर हो मध्य प्रदेश हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है आज मध्य प्रदेश अन्य उत्पादन में सबसे आगे है ये वैज्ञानिकों के रिसर्च किसानों और हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है प्रदेश आज गेहूँ उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक नंबर राज्य बनकर उभ रहा है खाद्यान्न में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है बिजली सड़क और पानी में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है वही उन्होंने सड़कों की जर्जर हालत को लेकर कहा कि ये हमारे नेतृत्व की सजगता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में कहा है लेकिन एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाली जो सड़क है वे बहुत अच्छी हैं। गांव तक सड़कों को जोड़ा गया है लेकिन मोहल्ले और गांव की सड़कों की हालत खराब है जिसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने बात की है उन्होंने कहा भाजपा के नेतृत्व में विकास का पैमाना बदला गया है अब विकास का पैमाना ये है मध्य प्रदेश में सीएम राय स्कूलों की शुरुआत की जा रही है जो दो का मध्य प्रदेश था और आज का जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आज पूरे देश के अंदर हमें गर्व इस बात का होता है कि केंद्र सरकार से लेकर कई बातों में मध्य प्रदेश आज एक नंबर पर आकर के खड़ा है जो मैंने कहा कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है जो पहले कभी विमान राज्य कहलाता था तो आज एक नहीं कई पायदानों पर आज मध्य प्रदेश ने विकास की गति और अपना जो स्थान इस, इस देश के अंदर बनाया है सड़क बिजली पानी से लेकर इस मध्य प्रदेश को लगातार कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड तो लगातार मिलता हुआ जा रहा है यह सातवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है स्वच्छता के अभियान में अगर मैं कहूंगा कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री जी के उस सपने को केवल पूरा नहीं किया सपने के अंदर भारत में लगातार पांच वर्षों से इंदौर शहरी स्वच्छता के अभियान में तो एक नंबर पर आया ही है मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास और नेतृत्व तो के कारण तो ग्रामीण स्वच्छता के अभियान में भी इस बार भारत के अंदर मध्य प्रदेश को एक नंबर पर स्थान मिलना ये इस बात का धोतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी प्रधानमंत्री जी के उन्हें सपनों को पूरा करने का काम कर रही है जो तो कभी ने इस देश के अंदर बारे में था। पर... कमलनाथ के इवेंट वाले बयान पर विडी शर्मा ने कहा कि इवेंट वाली बात कमलनाथ जी ना करें भारतीय जनता पार्टी इवेंट करती है या गरीबों के जीवन को बदलती है इस बात का सर्टिफिकेट कमलनाथ नहीं दे सकते मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देती है जब विधानसभा चुनाव हुए थे और कमलनाथ की सरकार चली गई थी तब जनता ने बताया था कि कौन काम करता है कमलनाथ ने इंदौर के अंदर आई करने का मन बनाया था और एक हजार आवास वापस करके बीच लगातार कमलनाथ को इसका जवाब देती है शर्मा ने कहा तिरालीस लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी बनकर खड़ी है लाडली लक्ष्मी योजना बेटी बचाओ अभियान के तहत देश में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उन्होंने कहा की मेडिकल से लेकर टेक्निकल तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी इवेंट कर दी है कि गरीबों के जीवन को बदलती है ये कमलनाथ जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देते जब अट्ठाईस विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे कमलनाथ जी की सरकार थी चली गई थी दुरावस्था के दौर के कारण से चली गई थी उस जनता ने बताया कि कौन काम करता है कौन जमीन पर काम करता है और कौन इवेंट करता है अरे इवेंट तो कमलनाथ जी आप कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आयफा आवाज कर रहे थे सात सौ करोड़ का प्रावधान नचले कुदरों के लिए कर रहे थे लेकिन एक लाख चौंतीस हजार प्रधानमंत्री आवास वापस लड़के आपने उन गरीबों का हक और अधिकार छीना था जिन गरीबों के सर पर प्रधानमंत्री ने भेजे थे आपने कहा मैचिंग ग्रांट ही है तो कौन इवेंट करता है कौन जमीन पर काम करता है कौन जनता के कल्याण के काम करते हैं तो जनता जानती है और जनता कमलनाथ जी आपको लगातार जवाब देती चलिए आप देख रहे हैं दखन न्यूज